दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा चांद तारों को छोड़ने की आशा आसमानों में उड़ने की आशा दिल है छोटा सा छोटी सी आशा हरे मन के भले से